महादेव का वो मंदिर जहाँ पर मृत व्यक्ति भी कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है लाखामंडल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो मंदिर भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर शक्तिवाद के बीच लोकप्रिय है जो मानते हैं कि इस मंदिर के दर्शन करने से उनके दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं लाखा मंडल का नाम दो शब्दों से मिलता है लाख का अर्थ है कई और मंडल का अर्थ है मंदिर या निगम भारतीय खोजकर्ताओं ने खुदाई की तो बहुत सारे कलात्मक कार्य पाए गए और भगवान शिव का ये नगर शैली के मंदिर में लगभग 12 या तेरहवीं सदी पूर्व में बनाया गया था और ये भी कि बड़ी संख्या में मौर्य और स्थापक सदस्य आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे और जो अतीत में एक ही पंथ के अधिक मंदिरों को अवशेषों का सुझाव देते हैं लेकिन वर्तमान में केवल यही एक मंदिर बचा है लाखा मंडल रचनात्मक गतिविधि के सबसे पहला प्रमाण लगभग पांच या आठ पूर्व तक जाता है पत्थरों के नीचे देखी गई की रचना के आधार पर पिरामिड की रचना का निर्माण होता हुआ दिखता है। ध्यान से देखने पर साइट का एक पत्थर शिला सदी ईसा पूर्व राजकुमारी ईश्रा द्वारा लाखा मंडल में शिव मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड दिखता है और जो सिंहपुरा की शाही दौर से संबंधित है जलंधर के राजा के बेटे चंद्रगुप्त के अध्यात्मिक कल्याण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वलेक्ट को दिखाया गया है इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट शिवलिंग है जो कि भीगने पर चमकता है और अपने परिवेश को दर्शाता है महामंडेश्वर महादेव जिसका मंदिर देहरादून के 128 किलोमीटर दूर लाखा मंडल नामक स्थान पर है ये वही स्थान है जहाँ पर पांडवों को लाखामंडल बनवा कर कौरवों ने आग लगाकर मारने की कोशिश की थी और वह एक सुरंग से बाहर निकलकर चले गए थे और इसी के कारण इस स्थान का नाम लाखामंडल पड़ा था इससे निकलकर पांडवों ने जो मंदिर बनवाया था वो गये मंदिर वही है और महादेव की स्थापना यहाँ पर युदिष्टर ने की थी इस जगह के पास एक और गुफा के स्थानीय जोनसारी भाषा में धुंधी अधूरी कहा जाता है धुंधी या धुंध का अर्थ है धुंधला या धूमिल और अधूरी का अर्थ है गुफा या छिपाया हुआ स्थान स्थानीय लोगों का मानना है कि पांडवों ने दुर्योधन से खुद को बचाने के लिए इस गुफा में शरण ली थी यहाँ पर शिवलिंग के सामने दो मूर्तियां खड़ी हुई है जिनसे एक का हाथ नहीं है ऐसा क्यों अभी तक यह रहस्य बना हुआ है पर यहाँ का जो सबसे बड़ा रहस्य है जो जिसमें समस्त मेडिकल टीम और वैज्ञानिक अचरण में पड़ जाते हैं और वो ये है कि किसी भी मृत व्यक्ति का यहाँ पर जिंदा हो जाना जब किसी मृत्यु व्यक्ति के शरीर को शिवलिंग और पुत्रों के पास रखकर जब मंदिर के पुजारी पवित्र गंगा जल मृत शरीर पर छिड़कते हैं तो वह आदमी जिंदा हो जाता है और ईश्वर का नाम लेता है फिर पुजारी उसके मुंह में गंगा जल डालते उसके बाद उसका का शरीर फिर से मृत्यु हो जाता है और यही नहीं कि यहाँ तक अगर मंदिर के सामने से अगर किसी मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है तो मंदिर के सामने पहुँचने पर उसके शरीर में भी हलचल होती है जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और वो लोग और वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को अपनी आँखों से देखने जाते हैं और जब वह सब अपनी आँखों से देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता और चर्च में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है और इसके अलावा जिसके घर संतान नहीं होती उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है तो ये थी लाखामंडल एक प्राचीन हिंदू मंदिर के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और अच्छे से कंटेंट ला सके जय भोलेनाथ